हेलो दोस्तों आज आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर के हम आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे फाइंड माय डिवाइस एप्लीकेशन के बारे में यह एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे आप अपने खोए हुए मोबाइल फ़ोन टैबलेट जैसी डिवाइस को पलक झपकते ही ढूंढ लेंगे चाहे आपका फ़ोन देश में हो या विदेश में या आप यह भी कह सकते हैं कि चोर आपका फ़ोन खुद फ़ोन देने घर चला आएगा दरअसल यह सर्विस गूगल कंपनी की है और काफ़ी पुरानी सर्विस है लेकिन लोगों को पता न होने के कारण लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं इसकी लाइव लोकेशन इतनी सटीक है कि आपका फ़ोन दुनिया में जहां भी होगा यह एप्लीकेशन उसी जगह को बिल्कुल सही लोकेशन के साथ आपके सामने मैप में दिखा देगी तो दोस्तों आगे की जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप ये देख सकते हैं सर्च बार यहाँ पे आपको लिखना है फाइंड माई डिवाइस इस पर आपको सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं गूगल फाइंड माई डिवाइस ये गूगल की ही एक एप्लीकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखे हुए हैं और आपको केवल इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं ओपन इस ओपन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फाइंड माय डिवाइस इसकी इंटरफेस इस प्रकार से आपको दिखेगा दिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो भी सेट पे मेल लगी होगी वो आपको इसी प्रकार यहाँ पर दिख जाएगी तो आप चाहें तो दूसरे के मेल डाल के या अपनी खुद की लोकेशन भी देख सकते हैं लेकिन इसमें खुद की लोकेशन देखने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर आपका फ़ोन खो गया है या चोरी हो गया है तो उसके लिए आपको दूसरे का सेट लेना ही पड़ेगा तो आप दूसरे का सेट ले कर के आप ये देख सकते हैं सिंगिन एस गेस्ट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपके आई मांगेगा ई मेल जो ई मेल खोए हुए फ़ोन पर पड़ी हुई थी उस ईमेल आईडी को आपको यहां पर दर्ज करना है तो चलिए दोस्तों हम दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर वो ईमेल आईडी दर्ज करना है जो आपका फ़ोन खो चुका हो या जो उस फ़ोन पर खोए हुए फ़ोन पर पड़ी रही हो तो वो जो ईमेल आप यहां पर जैसे ही दर्ज करेंगे वो दर्ज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इस नेक्स्ट को आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा तो जो भी आपका मेल का पासवर्ड रहा हो वो यहाँ पर पासवर्ड दर्ज कर दे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पासवर्ड दर्ज कर दिया है पासवर्ड दर्ज करने के बाद ये नेक्स्ट इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक परमिशन मांगेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यस कर देना है और यस करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपकी जो भी लोकेसन है आपको एकदम सटीक उसी लोकेसन पर इसने पहुंचा दिया मैप पर अब आप मैप पे देख सकते हैं कि आपका हैंडसेट कहाँ पर एकदम सटीक जगह पे चल रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका हैंडसेट जहाँ भी चल रहा है तो उसकी एकदम सटीक लोकेशन आपको ये दिखा देगा इसके बाद आप ये नीचे भी देख सकते हैं और आप दूसरे सेट पर भी देख सकते हैं डिवाइस लोकेटेड तो यहाँ पर एक मैसेज भी सेट पर जाएगा तो आप देख सकते हैं ये मैसेज आ रहा है और मैसेज आने के बाद यहाँ पर आपका सीट पर लोकेशन भी खुली होनी चाहिए तो देख देख सकते हैं दोस्तों हमारे सीट की लोकेशन खुली हुई है और आप देख सकते हैं Redmi 10A इस्पोट ये हमारा जो है सेट का मॉडल है तो ये से सेट का मॉडल नंबर वगैरह सेट का नाम वो आपको यहाँ पे शो कर देगा और उसी सेट में कितने परसेंट की बैटरी है ये बैटरी भी आपको यहाँ पर शो कर देगी और किस कंपनी का सिम चल रहा है वो सिम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिम भी शो कर देगा इसके बाद ही आप जो डॉट देख रहे हैं इस डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं डिवाइस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपका डिवाइस का इंफॉमेसन जो है ये दिख जाएगी उसके बाद एम नंबर और फर्स्ट रजिस्टर्ड जुलाई 30 और लास्ट सीन यानी इसकी लास्ट लोकेशन जो है वो आपको बता रहा है आज ही की डेट उनतीस दो हज़ार बाईस तो इसके बाद डन करें डन करने के बाद अगर आप देख सकते हैं ये प्ले साउंड तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दूसरे सेट पर ये फाइंड माय डिवाइस ये शो करके आ रहा है और रिंगिन इसका मैसेज भी आ रहा है तो आपका सेट जहाँ पर भी होगा चाहे वो सऊदी में हो या देश के किसी भी कोने में हो या विदेश में कहीं पर भी हो तो आप उसको डायरेक्ट रिंग भी यहाँ से कर सकते हैं उसके बाद इसमें एक दूसरा ऑप्शन ये है सिक्योर डिवाइस आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है आईडी मैसेज और फ़ोन नंबर तो यहाँ पर आप अपना कुछ भी मैसेज यहाँ पर छोड़ सकते हैं और फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर वो कोई भी कॉल लगाएगा तो वो कॉल आपके पास ही रिटर्निंग आएगी तो जैसे हमको कोई मैसेज छोड़ना है तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं मेरा फ़ोन वापस करो तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने लिखा मेरा फ़ोन वापस करो और यहाँ पर हम अपना नंबर दर्ज कर देते हैं इसके बाद हम जैसे ही सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं दूसरा हैंडसेट बंद हो चुका है और, और ये देखिए उस दूसरे हैंडसेट में ये शो भी कर रहा है मेरा फ़ोन वापस करो और कॉल ऑनर और इसको जैसे ही हम कॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी नंबर तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी कॉलिंग जो है आ जाएगी यानी आपको जो जो आपने नंबर यहाँ पर दर्ज किया था वो नंबर पे ये यह कॉल यहाँ पर जाने लगेगी और आप ये तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं इरीज डाटा तो आप चाहें तो अपनी सिट का पूरा भी डाटा भी इरीज कर सकते हैं कि अगर सीट आपका बाई चांस नहीं आ पा रहा है या किसी वजह से वो नहीं दे रहा है कुछ हो गया तो आपके जो इंपॉर्टेंट कागजात होंगे तो आप उसको यहीं से बैठे बैठे ही डिलीट कर सकते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर है सिंग आउट अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिंग आउट करके बाहर भी जा सकते हैं हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी प्रकार हम आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे धन्यवाद दोस्तों टेक बेरी चैनल में आप लोग हर तरह की ऑनलाइन जानकारी पा सकते हैं इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें